में है, ठुकियों मैया बाया तेरा सोरा सो में सुखिया दुखिया का bihari ne bihari ho rahi hai par mein mein pada We are the dreamers. कीनो शर्मा करते हैं कौन महान दे देरा